हमने जिसको चाहा वो तो नदान निकली वावा, वावा, वावा। हमने जिसको चाहा वो तो नदान निकली सोचा कुछ सिखा दो वो तो हमसे भी खतरनाक निकली